फ्रेंड मैं सचिन मेरे चैनल एस के अटैक वर्ल्ड में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आपके पास आधार कार्ड में अपडेट कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना है तो फ्रेंड बिना डॉक्यूमेंट के आप अपने आधार कार्ड को कैसे अपडेट कराएं तो इसके लिए फ्रेंड आपको सेल्फ सर्टिफिकेट हेड ऑफ फैमिली का एक फॉर्म फिलअप करना होगा फ्रेंड इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है आप उसको देख सकते हैं लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखना अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना कोई भी क्वेरी हो कमेंट ज़रूर करना ये चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये फ्रेंड एच हेड ऑफ फैमिली फॉर्म का फॉर्मेट है सेल्फ डिक्लेशन फॉर्म का फॉर्मेट है ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करें कैसे भरें ये फ्रेंड मैंने आपको एक वीडियो में बताया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड सबसे पहले आपको लॉग इन क्लिक करना है यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है नीचे कैप्चा जैसा है ऐसा ही देना है फिर ओटीपी देना है और लॉगिन करना है यहाँ फ्रेंड आपको ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज पे जाना है या हेड ऑफ़ फैमिली बेस्ड आधार अपडेट पे जाना है यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ फ्रेंड ऊपर की तरफ एंटर आधार नंबर ऑफ एच ओ एफ यहाँ पर ऊपर की तरफ हेड ऑफ़ फैमिली का आधार नंबर आएगा मीन्स अगर आप बेटे हैं या बेटी हैं और पापा के भी आप पे फॉर्म को भर रही हैं तो ऊपर की तरफ आपके पापा का आधार नंबर आएगा और मोबाइल नंबर भी उन्हीं का आएगा और रिलेशन टाइप में वो आपके फ़ादर हैं तो यहाँ पर आपका फादर सेलेक्ट करना होगा जो यहाँ रिलेशन लिखे हैं उसमें अगर कोई नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है यहाँ आप सेल्फ डिकलेशन को सिलेक्ट करेंगे करेंगे यहाँ आप ओके करेंगे यहाँ फ्रेंड आपको सेल्फ डिकलेशन फॉर्म को अपलोड करना होगा फ्रेंड वो फॉर्म कैसे भरें कहाँ से डाउनलोड करें वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे ग्रीन कलर में हो जाएगा मीस अपलोड हो चुका है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अभी यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड आपके पचास रुपये का पेमेंट करना होगा ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पे बेस पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट करेंगे यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से यू पी आई से पेटीएम से फ़ोनपे से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं जो प्रोसीड पे क्लिक किया आपका फिफ्टी रुपए का पेमेंट शो रहा है। आ सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है इसका एक्नोलिजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये यहां से ओपन करके देख सकते हैं ये फ्रेंड इसकी रिक्वेस्ट एक हेड ऑफ फैमिली के पास जाएगी उनको अप्रूव करना होगा उसके बाद ही आपका आधार कार्ड में अपडेट हो पाएगा अभी यहां गो टू डेक्स बोर्ड पर जाएँगे आपने जो अप्लाई किया उसका स्टेटस देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ इसका स्टेटस देख पा रहे हैं तो फ्रेंड फिर दोबारा से आपको इस वेबसाइट पर जाना है लॉगिन करना है जैसे आपने पहले किया था उसी तरह से सारे स्टेप करने हैं यहाँ आधार नंबर देना है या कैप्चा देना है सेंड ओ भी करना है ओ एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है लॉगिन करने के बाद आपको माई हेड ऑफ फैमिली एच रिक्वेस्ट पर जाना है यहाँ आपको एस आर एन नंबर लिखना है फ्रेंड ये एस आर एन नंबर आपको एक्नॉलेजमेंट जो आपने डाउनलोड किया था उसमें मिल जाएगा ये यह यहाँ से आप एस आर एन नंबर को कॉपी भी कर सकते हैं और वहाँ आपको पेस्ट करना है इसे लिखने के बाद आप ये एक्सेप्ट करेंगे अब आपकी ये रिक्वेस्ट यू आई डी आई के पास चली जाएगी और फ्रेंड आपका आधार में एड्रेस दो से तीन दिन के अंदर ये अपडेट हो जाएगा